हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टैकी टेक्नो चैनल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने टेक्नो और इनफ्रिक्स मोबाइल में आर मोड को ऑन कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि आर मोड होता क्या है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आर मोड एक ऐसा मोड होता है जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल का राइट साइड के लेआउट को लेफ्ट साइड में स्विच कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब आर मोड को ऑन करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आर मोड होता क्या है और उसका काम क्या होता है आर मोड को ऑन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद आपको अपने मोबाइल में डॉलप्र सेटिंग को ऑन कर देना होगा अगर आपको नहीं पता कि डॉलप्र सेटिंग को कैसे ऑन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना होगा और यहाँ पर बिल्ड नंबर पर पांच बार क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल का पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद आपकी डॉल सेटिंग ऑन हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी डॉल सेटिंग पहले से ऑन है उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिस्टम पर और सिस्टम के बाद यहाँ पर डॉल ऑप्शन देख सकते हो तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको अपने मोबाइल को नीचे कर स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपको आर मोड फाइंड करना होगा फाइनल दोस्तों यहाँ पर मेरे को आर मोड मिल चुका है तो सिंपली आपको RTL मोड के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद RTL मोड ऑन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप, आप देख सकते हो कि मेरे मोबाइल में RTL मोड ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे मोबाइल का राइट साइड का लेआउट था वो लेफ्ट साइड स्विच हो जाएगा तो जैसे कि यहाँ पर आप, आप देख सकते हो कि सारी सेटिंग हमारे यहाँ पर स्विच हो चुकी है मतलब दूसरी तरफ चेंज हो चुकी है और यहाँ पर अपन नेविगेशन बार को भी देख सकते हो ये भी बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेटिंग भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और दोस्तों अब आपको कमेंट में बताना होगा कि इसके फ़ायदे क्या है अगर आप अपने मोबाइल में आरटीएल मोड को ऑन करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो दोस्तों अब तो आप मैं आपको बताऊंगा कि आप आर मोड को कैसे ऑफ कर सकते हैं इसके लिए आपको सिंपली आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम में जाना होगा सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉल पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सिंपली यहाँ पर आपको डॉल पर ऑप्शन को ही ऑफ कर देना होगा तो मैंने यहाँ पर आपने डॉल ऑप्शन को ही ऑफ़ कर दिया है तो इससे मेरी जो आर मोड की जो भी सेटिंग थी वो ऑफ हो चुकी है तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने मोबाइल में RTL मोड को यूज़ कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा चल दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में